देखना देखना कपकते हैं बिंदु तुम करे कपकते हैंषरी तुम दफकते हैं

नता दिन आल समानो आ नाम लल बाक बा धरियो जे सुनी बतावत न होती अपन दुकान बा आ हो बगलवा आई रास्ता दाता काय के दुकान पे होई ना

मेरी जान मेरी आँखों में देखने के